और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसमें ग्रामीण या नगरीय को सिलेक्ट करेंगे अगर आप गांव में रहते हैं तो आप ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे अदरवाइज आप नगरी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ हिंदी में देनी है या अंग्रेजी में मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में देनी है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 आपके सारे डॉक्यूमेंट यहां से अपलोड हो गए हैं अब आप यहां पे दर्ज करें पे क्लिक करेंगे आप अपनी एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं बस उल भुगतान के लिए यहां क्लिक करेंगे जैसे आप यहां क्लिक करते हैं यहां आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा इसको आपको कॉपी करके रख लेना है